ज़्यादा प्रो होने का घमंड मत दिखाया कर रिवाय मांगने पर इनकार कर दूंगा और यह जो मुझसे भिखारियों की तरह तू ओम मांगता है बेटा दुश्मन से पहले तुझे मैं मार दूंगा